जो बीत गया सो बीत गया यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारकर भविष्य को सवारना चाहिए भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है बस फर्क इतना सा ही है कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो यह कड़वा सच है जहां आदर नहीं वहां जाना मत जो सुनता नहीं उसे समझाना मत जो पचता नहीं उसे खाना मत और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है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 एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है लोगों से सुने बुरे शब्दों को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए बुराई और निंदा वाले शब्दों को खुद तक ही रखना चाहिए इससे आपका मान सम्मान बना रहता है